Assalamualaikum दोस्तों आप लोगों को बहुत सी जगह अपना QR आर कोड और अपना यू पी आई आई डी निकालना होता है और आप निकाल नहीं पाते हो तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आप इस वीडियो में लगे रहिए आपको अपना फ़ोनपे एप्लीकेशन खोल लेना है देन आपको अपना फोन पे का यू पी और अपना क्यू कोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो प्रोसेस है तो यहाँ पर देख सकते हो अपना यू पी आई आई डी लिखा हुआ है ठीक है ना? उसी पर अगर ये तो साधारण तरीका है और एक प्रकार का होता है निकालने का तरीका सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है देन आपका फोन पे में जितना भी बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ सारा शो होने लगेगा तो आपको अपना यू पी निकालने के लिए ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर पेमेंट सेटिंग में सबसे पहला यू पी शो हो रहा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है धन देख सकते हो आपका कितना सारा बैंक यहाँ पर लिंक है देख सकते हो जैसे कि मेरे फ़ोनपे अकाउंट पर चार बैंक लिंक है तो यहाँ पर चारों अकाउंट शो हो रहा है और चारों अकाउंट का यू पी ऊपर शो हो रहा है उसी प्रकार आप इसका सबसे आसान तरीका निकालने के लिए दूसरा नंबर पर जो है क्यू कोड्स वहाँ पर आपको क्यू क्लिक कर देना है व्यू योर क्यू आर कोड्स धन देख सकते हो दोस्तों आपका यहाँ पर यू पी शो हो जाएगा मेरा फ़ोन पे अकाउंट पर बहुत सारा बैंक अकाउंट लिंक है इसीलिए बहुत सारा शो हो रहा है जैसे कि देख सकते हो ये क्यू कोड मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का है और एयरटेल पेमेंट बैंक का नीचे यू पी शो हो रहा है आप यहाँ से कॉपी करके भी अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो उसी प्रकार दूसरा बैंक अगर है आपके पास तो यहाँ पर राइट की और स्लाइड करना है तो देख सकते हो ये पेटीएम बैंक का यू पी नीचे शो हो रहा है और क्यूआर कोड अगर इस क्यूआर कोड को मैं किसी से स्कैन करवाता हूँ तो मैं पेटीएम बैंक पर पे पेमेंट ले सकता हूँ उसी प्रकार दूसरा बैंक देख सकते हो बैंक ऑफ़ इंडिया का है और बैंक ऑफ़ इंडिया का यू पी नीचे शो हो रहा है और इसी बैंक ऑफ़ इंडिया का क्यूआर कोड भी ऊपर शो हो रहा है उसी प्रकार ये तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुका है अगर आपको इसी प्रकार छोटी छोटी और महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद